हाय फ्रेंड्स फिर से आज हम देखने वाले हैं हेयर लॉस के लिए कुछ टिप्स सबसे पहले करेक्ट द रूटकॉज आपको खुद को ही समझना है कि रूट रूटकॉज क्या है और किस वजह से इतने दिनों में इतने बाल झड़ रहे हैं तो आपको उस कारण को फाइंड आउट करना है अगर आप रात को ज्यादा देर तक जगते हैं सुबह लेट उठते हैं तो आपको ये हैबिट्स चेंज करनी है अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो आपको धीरे धीरे वो भी स्टॉप करना है आपको खुद को जानना है कि किस कारण से ये ऐसे हो रहा है यदि आप बहुत हार्ड वाटर यूज करते हैं बालों को धोने के लिए तो उससे भी बहुत बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं सो फाइंड आउट रूट कॉज दूसरी बात आपको आपके इम्यूनिटी पे ध्यान देना है सिर्फ बाहरी तेल और शैम्पू से बहुत बार इफ़ेक्ट नहीं आता है तो आपको आपका डाइट और जो भी जंक फूड बार बार आप यदि सेवन कर रहे हैं तो आपको उसको अवॉइड करना है तीसरी बात आपको आयुर्वेदिक तेल और शैम्पू का यूज़ करना है जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बहुत बार उसमें बहुत हार्ड केमिकल्स रहते हैं और उनकी वजह से बालों का नुकसान हो जाता है और चौथी बात आपको ज़्यादा धूप धूल या केमिकल युक्त जो भी शैम्पू है उन सभी बातों को अवॉइड करना है इनर आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है और जो आपकी आउटर स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाना है इसका मतलब है आपकी जो इनर बॉडी है उसको भी स्वच्छ करना है जैसे कुछ बातें आयुर्वेद में बताई गई है जैसे बस्ती पंचकर्म में बस्ती बहुत यूजफुल है उससे मैक्सिमम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद नस् चिकित्सा और शीरोधारा ये कुछ बातें बताई गई है कि जो बालों के इन सभी समस्याओं में बहुत ही अच्छी साबित हो चुकी है